नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल जाखल में दो युवकों की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद नाराज परिजनों ने खाने का घेराव किया रोड जाम लगाया पुलिस प्रशासन पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा पलपल फतेहाबाद पल से राजेश भांपू की खास रिपोर्ट जाखिल कस्बे में दो दोस्तों की हत्या कर सौभागड़ा नहर में फेंके जाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण खपा मृतक के और युवकों के परिजनों ने आज शहरवासियों ने मिलकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जाखल थाने का घेराव भी किया घेराव करते हुए लोगों ने थाने के सामने धरना देकर के रोड जाम कर दिया इसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब तक हमारे बच्चों के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक रोड जाम ऐसे ही रहेगा परिजन अपना धारणा जारी रखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचीं और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की धरना स्थल पर मृतक युवक मनीष की चाची अनीता ने बताया कि हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते लेकिन पुलिस और सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है क्योंकि हमारे बच्चों के कातिलों को पुलिस ना तो पकड़ रही है और ना ही किसी तरह से कोई संपर्क अभी तक पुलिस ने हमसे किया है आठ दिन पहले बुधवार को हमारे दोनों बच्चों की लाशें मिली थीं उस दिन हम धरने पर बैठ कर के चले गए थे क्योंकि सरकार और डीएसपी तथा तो एसपी ने हमें आश्वासन दिया था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन पुलिस अधिकारियों ने न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है और न ही हमसे संपर्क इसलिए आज मजबूर होकर के हमें ये जाम लगाना पड़ा हमारी स्पष्ट मांग है कि हमारे बच्चों के कतिलों को गिरफ्तार किया जाए आपको बता दें कि 26 सितंबर की शाम को मोती और मनीष नाम के दो दोस्त घर से बाइक लेकर निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे इसके बाद दोनों युवकों की बाइक चश्मा और मास्क नहर के किनारे बरामद हुए दोनों युवकों के साथ नहर पर भी अनहोनी होने की आशंका हुई तो पुलिस ने युवकों की तलाश जारी कर दी जिसके बाद पंजाब क्षेत्र के भाखड़ा नहर में दोनों युवकों के शव बरामद हुए इसके बाद पोस्टमार्टम में सामने आया कि दोनों युवकों के शरीर पर चोटें मारी गई हैं इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों की हत्या किए जाने के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी लेकिन अभी तक दोनों युवकों की हत्या का ये मामला सुलझ नहीं पाया मांग को लेकरों को पकड़ा जाए और हम बिल्कुल अपने धरने से नहीं उठ रहे थे तो लेकिन हम सरकार के आह्वान पे उनके भरोसा करके हम यहाँ से इसलिए उठे एसपी साहब के कहने पे कि हाँ भाई आपके कातिलों को पकड़ा जाएगा आपके बच्चों के कातिलों को पकड़ा जाएगा, जाएगा लेकिन बुधवार से बुधवार आज आठ दिन हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई मोमेंट नहीं हो रही ना ही कोई हमसे संपर्क किया जा रहा है कि हाँ थोड़ी तसली तो दे की हम केस के नज़दीक पहुँच रहे हैं मजबूरन आज हम अपने बच्चों के जो कातिल है, उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेके आज हमने दोबारा से यहां पे हमें धरना देना पड़ गया हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो हमारी हमारी वजह से लेकिन हमें एक मजबूर कर दिया गया सरकार ने मजबूर कर दिया हम दोबारा यहां पे धरने के लिए आए हैं और जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम यहाँ से बिल्कुल धरना नहीं उठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए क्या कर भी? रह गए थे और उनके बाद में डेडबॉडी मिली थी पोस्टमार्टम के बाद कुछ एक चोट उनके आई है जिनमें तीन सौ दो एड करके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो परिजन हैं उन्होंने अभी तक ना किसी के किसी पे शक किया है और जो दोनों लड़के थे उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी पता किया है किसी के साथ झगड़ा नहीं था कोई और नहीं था कांसूनी नहीं थी और परिजनों से भी पूछताछ की है वो भी कह रहे हैं कि इस टाइप की कोई बात की नहीं लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी डेड बॉडी जो है बागदा नहर में मिली है और चोट भी है इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं जो टेक्निकल ग्राउंड होता है हमारा साइबर की हेल्प ले रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ें हैं मुखबिरों के हिसाब से भी हमने जो है पूछताछ कर रहे हैं और जो जो लड़कों के दोस्त थे या नज़दीक थे या जिनसे फ़ोन पर ज़्यादा बात करते थे या जिनके साथ रहते थे पढ़ते थे इंस्टीट्यूट है जो इनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो टेक्निकल लेवल पे जो है उस उससे भी हम जांच कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं जल्दी जैसे ही कोई प्रयोग मिलता है तो हम इसको है जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे तो ऐसे में आठ परिजनों के द्वारा दोबारा जाम लगाया गया है ऐसे परिजनों को कोई आश्वासन देना चाहिए हाँ जाम लगाया गया है हम जो हमारी तरफ से जो भी बेस्ट हो पा रहा है इसमें वो कर रहे हैं टीमें लगाई हुई है इसमें सी भी काम कर रही है मैं तो काम इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ तो उसके अलावा हमारी साइबर की जो टीम है जो एक्सपर्ट है वो भी इसमें जो है अपनी तरफ से लगे हुए हैं तो जल्दी कोई अगर क्लियु आता है तो हम करेंगे अरेस्ट